हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब में जो भी हम सर्च करते हैं वो फ्रेंड्स हमारा हिस्ट्री में सेव होता रहता है तो फ्रेंड्स उस हिस्ट्री को हम कैसे डिलीट करें कि हमने क्या देखा है क्या नहीं देखा उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिलीट करें तो उसके लिए फ़्रेंड्स आप अपने चैनल के लोगों पर जाएंगे वहाँ पर आप मैनेज और गूगल अकाउंट पर जाएंगे वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आप डेटा एंड प्राइवेसी पर जाएंगे फिर आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हिस्ट्री सेटिंग के अंदर YouTube हिस्ट्री का ऑप्शन है ये यहाँ पे ऑन है तो ये यहाँ पे ऑन है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप YouTube पे देख रहे हैं वो सेव हो रही है तो आप YouTube हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे फिर आप नीचे मैनेज हिस्ट्री पे जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे आपने क्या क्या देखा है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देखी है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी आप यहाँ से वन बाय वन भी जैसे ये है आप यहाँ से वन बाय वन भी इसको डिलीट कर सकते हैं और बाकी डिलीट करने के लिए आपके सामने ये डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं डिलीट टू डिलीट कस्टम रेंज और डिलीट ऑल टाइम अगर आप डिलीट टू करेंगे तो आज जो आपने देखा होगा वो डिलीट हो जाएगा डिलीट ऑल टाइम करेंगे तो जितना भी आपने देखा है वो सब डिलीट हो जाएगा और डिलीट कस्टम रेंज आप डिलीट कस्टम रेंज पर जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेट कर सकते हैं कि आपको किस डेट से जैसे आपको किस डेट से और किस डेट तक का कर करना है ये लिखा है बिफोर आपको इस डेट से पहले का कर डिलीट करना है और आफ्टर इस डेट के बाद का मतलब ये है कि 2 जून के बाद का डिलीट करना है और 6 जून से पहले का करना है फिर आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये वो दिखा रहा है जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो इस तरह से फ्रेंड इतना आपका डिलीट हो जाएगा अगर आप सारा डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट और टाइम पर जाएँगे वो सब आपका सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा और आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो सारा भी आपका डिलीट हो जाएगा तो फ्रेंड इस तरह से आप YouTube में हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू